मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे डिसीजन लेने में वक्त लगा पर फाइनली मैंने डिसाइड किया है मैं चुनूंगा को ओह वक्त पर आने वाले लड़के ने उसे पहले ही ले लिया ओह काश मैं वक्त पर उठा होता पर अब मैं चुनता हूँ अपना पोकेमोन जो है वो वो भी जा चुका है उसे भी वक्त आरोप आने वाले ने ले लिया खैर कोई बात नहीं प्रोफेसर क्यूँकी मेरा पोकेमॉन होगा वाला सब कुछ पाता है अगर तुम वक्त आरोप आते तो तुम्हें भी सब कुछ मिलता क्या इसका मतलब अब एक भी पोकेमॉन नहीं बचा है प्रोफेसर हाँ नहीं एक बचा है पर। प्रोफेसर मुझे वो चलेगा मुझे तुम्हें पहले ही चौकन्ना करना होगा इस पोकेमॉन में एक प्रॉब्लम है मुझे हर हाल में पोकेमॉन चाहिए अगर ऐसी बात है तो इसका नाम है। है, ये कितना क्यूट बल्कि ये सबसे बेस्ट है पसंद आया। हाय हाँ। इसे इलेक्ट्रिक माउस भी कहते हैं ये शर्मिला है पर कभी कभी इसमें बिजली जैसी पावर आ जाती है बड़ी शॉकिंग बात है हाँ वाकई शॉकिंग है अब तुम इसे संभालो तुम्हारा पॉकेट एग और पॉकेट